जिन लोगों पर तुमने हाथ उठाया है ना वो कातिया के आदमी है कातिया के बीच बाजार में काट देता है वो आदमी ये तुम्हारे बनारस का चौक नहीं है तुम्हारा मारेंगे तो फिर मारूंगा मैं फिर मारूंगा उन्हें अगर मेरी आंखों के सामने ऐसा होगा तो मैं फिर मारूंगा उन्हें मैं नहीं देख सकता ये सब कुछ नहीं देख सकता अगर बाजार में भाभी का कोई हाथ पकड़ ले तब भी आप मुझसे यही कहेंगे